जिसको बांटने में आनंद आता हो तुम्हें तो इकट्ठा करने में आनंद आता है हम तो कंजूसों को कहते हैं सरल है, लोग हैं सीधे साधे लोग हैं मैं गांव में कंजूस के घर मेहमान हुआ महाकंजूस मगर सारे गांव में उसका आदर ये कि सादगी इसको कहते हैं साधा जीवन ऊंचे विचार क्या ऊंचे विचार और ऊंचा जीवन साथ साथ नहीं हो सकता और सादा जीवन ही जीना हो तो ये तिजोरी को कहे के लिए भर कर रखे हुए मगर हर गांव में तुम पाओगे कंजूसों को लोग कहते हैं सादा जीवन है लखपति लेकिन देखो कपड़े कैसे पहनता है सेठ धनलाल की पुत्री जब 28 वर्ष की हो गई और आसपास के लोग ताना देने लगे कि यह कंजूस दहेज देने के भय से अपनी बेटी को कुवारी रखे हुए है तो सेठ जी ने सोचा कि अब जैसे भी हो लड़की का विवाह कर ही देना चाहिए क्योंकि जिन लोगों के बीच रहना है उठना बैठना है धंधा व्यापार करना है उनकी नजरों में गिरना ठीक नहीं उन्होंने लड़के की खोज शुरू कर दी पड़ोस के ही गांव के एक मारवाड़ी धनपति का बेटा चंदूलाल उन्हें पसंद आया जब लोग सगाई करने के लिए धनलाल के यहाँ आए तो चंदूलाल के बाप ने पूछा आपकी बेटी बुद्धिहीन अर्थात फिजुल खर्ची तो नहीं इस बात का क्या प्रमाण क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई फिजूल व्यक्ति नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि कोई आके हमारी परंपरा से जुड़ती चली आ रही संपत्ति को नष्ट करे बाप दादो की जमीन जायदाद हमें जान से भी ज्यादा प्यारी यह देखिए मेरी पगड़ी मेरे बाप को मेरे दादा ने दी थी दादा को उनके बाप ने उन्हें उनके पिता मैंने और उनके पिता मै ने अपने बजाज दोस्त से उधार खरीदी थी क्या आपके पास भी ऐसा फिजूल खर्ची न होने का को कोई ठोस प्रमाण धन्नालाल जी बोले क्यों नहीं क्यों नहीं हम भी पक्के मारवाड़ी हैं कोई अहरे गहरे नथु खेरे नहीं फिर उन्होंने जोर से भीतर की ओर आवाज देकर कहा बेटी धन्नो जरा मेहमानों के लिए सुपारी वगैरह तो ला चंद क्षणोप्राण प्रांती धन्नालाल की बेटी सुंदर अलूमोनियम की तस्तरी में एक बड़ी सी सुपारी लेके हाजिर हुई सबसे पहले उसने अपने बाप के सामने प्लेट की धन्नालाल ने धनला को उठा के मुंह में रखा आधे मिनट तक यहाँ वहाँ मुंह में घुमाया फिर सुपारी बाहर निकाल कर सावधानी पूर्वक रूमाल से पहुँच कर तस्तरी में रख अपने भाभी समी की ओर बढ़ाते हुए कह लीजिए अब आप सुपारी लीजिए चंदूला और उसका बाप दोनों ये देख के ठग हिस्से रह गए उन्हें हथप्रभ देखकर धनलाल बोले अरे संकोच की क्या बात अपना ही घर समझिए तकल्लफ की कतई जरूरत नहीं ये सुपारी तो हमारी पारंपरिक संपदा है पिछली चार शताब्दियों से हमारे परिवार के लोग इसे खाते रहे मेरे बाप मेरे बाप के बाप मेरे बाप के दादा मेरे दादा के दादा सभी के मुंह में यह रखी रही मेरे दादा के दादा के दादा, के दादा को बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर यह पड़ी मिली थी ऐसा ऐसा सादा जीवन जिया जा रहा है सुख हो तो कैसे हो सुखी होने के लिए जीवन के सारे आधार बदलने आवश्यक है कृपणता में सुख नहीं हो सकता सुख बांटने में बढ़ता है न बांटने से घटता है संकोच से मर जाता है सिकुड़ने से समाप्त हो जाता है फैलने दो बांटो, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिनको तुम आमतौर से गलत आदमी समझते हो वो गलत ना हो मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर श्री कृष्ण सक्सेना उनसे मेरा बहुत प्रेम था एक बात के कारण सारे विश्वविद्यालय में उनकी बदनामी थी और वो थी शराब लेकिन मैं उनके बहुत निकट रहा उनके घर पे भी बहुत दिनों तक रहा मैंने उन जैसे भले आदमी बहुत मुश्किल से देखे जब मैं उनके घर रहता तो वो शराब ना पीते मैंने एक दिन उनको कहा कि फिर मैं आपके घर ना आऊंगा क्योंकि जब आप मुझे घर ले आते हैं कभी कहते हैं अब छुट्टी है विश्वविद्यालय में चार दिन की तो चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहना तो मैं देखता हूं आप शराब नहीं पीते मेरे कारण ये बाधा आपको पड़े ठीक नहीं उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा यहां होना मुझे शराब से भी ज्यादा मस्ती देता है इसलिए नहीं पीता पीने की जरूरत नहीं है कोई कारण नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपकी आदत है उन्होंने कहा आदत भी नहीं है मेरी और अकेले तो मैंने कभी जिंदगी में पी नहीं जब तक चार लोगों को न बुला लू जब तक चार पीने वाले न हों, तब तक तुम्हें तो पीते नहीं कभी कभी महीनों नहीं पीता क्योंकि जब पीने वाली साथ न हो तो क्या पीने का मजा इनका बड़ा अपमान था सारे विश्वविद्यालय में की ये शराबी बस इस आदमी के एक खराब कि शराब पीता था एक खराब बात हो गई तो ये अधार्मिक है लेकिन इस आदमी के जीवन की धार्मिकता को कोई को भी ना समझाया जब भी वो मेरे साथ रहे उन्होंने कभी शराब ना पी मैंने लाख उन्हें कहा कि आप पिए आपकी आदत आदत का सवाल ही नहीं मेरी कोई आदत नहीं और ये मैंने जाना कि उनकी कोई आदत ना थी एक बार तो मैं दो महीने उनके घर रहा उन्होंने दो महीने शराब नहीं पी और जरा भी रंच मात्र शराब की बात ही ना उठी मैंने कहा दो महीने हो गए आप शराब नहीं पिए उन्होंने कहा दो साल तो मेरे घर रहो ये मेरी कोई आदत नहीं है अब मैं उस आदमी को धार्मिक कहूंगा जो शराब भी पीता हो और शराब पीने की जिससे आदत ना हो आदतें तो सड़ी सड़ी चीजों की बन जाती शराब जैसी चीज की आदत न बनना तो बड़ी साधना की बात है आदतें तो ऐसी छोटी छोटी चीज की बन जाती जिसका हिसाब नहीं अगर अखबार रोज सुबह पढ़ने की आदत है, एक दिन न मिले तो दिन भर बेचैनी होती अब अखबार कोई शराब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा लेकिन बेचैनी होती सुबह से ही बस एक ही धुन लग जाती अखबार और आदत तो लोगों को पूजा तक करने की हो जाती अगर एक दिन पूजा ना करें तो बेचे नहीं अच्छी आदत नहीं होती बुरी आदत नहीं होती सब आदतें बुरी होती आदत का मतलब गुलामी और गजब का है वो आदमी जिसको शराब भी गुलाम ना बना पाए मैं तो धार्मिक कहूंगा और वो एक सुखी आदमी थे धार्मिक आदमी सुखी होगा ही हालांकि मेरी धर्म की तुम परिभाषा देखोगे तो बड़े हैरान होगे ना वो कभी पूजा करते थे ना कभी प्रार्थना मैंने उनसे कहा कि आप जैसा आदत से मुक्त आदमी आप तो बिल्कुल धार्मिक हैं लेकिन न पूजा है न प्रार्थना है न आस्तिकता है आपको कभी इन सब चीजों का ख्याल नहीं उठा उन्होंने कहा मैं मस्त हूं आनंदित हूं मैं प्रसन्न हूं संतुष्ट हूं और क्या करना है किसी चीज की पूजा करूं क्यों करू अगर मेरा संतुष्ट होना पूजा नहीं है तो क्या पूजा होगी और, और निश्चित ही वो संतुष्ट व्यक्ति थे अति संतुष्ट व्यक्ति थे मैंने कभी उन्हें शिकायत करते ना देखा नहीं तो जिंदगी में हर आदमी शिकायत से भरा हुआ है और तथाकथित धार्मिक आदमी तो बहुत शिकायतों से भरे होते उनको तो हर चीज में शिकायत दिखाई पड़ती और धार्मिक आदमी तो वही है जिसके जीवन में संतोष संतुष्टि की सुगंध उड़ती हो जिससे शिकायत ही ना हो ना कोई सिखवा हो जिसे इस दुनिया में कुछ बुरा ही ना दिखाई पड़ता हो मैंने कभी उनके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी हालांकि और जितने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे सब उनकी निंदा करते थे और इस उन्हें पता था लेकिन उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की किसको मैं धार्मिक कहूं ये निंदा करने वाले लोग धार्मिक इन निंदा करने वाले लोगों में नियमित पूजा पाठ करने वाले लोग थे अभी अभी चल बसे डॉक्टर रसाल हिंदी के बड़े पुराने कवि थे बड़े आलोचक थे सैकड़ों किताबों के लेखक थे उनका शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है बड़े गुणी व्यक्ति थे लेकिन जब मुझे मिल जाते और मुझे अक्सर मिल जाते क्योंकि जिस हॉस्टल में रहता था उसके वो सुप्रिंटेंडेंट थे तो आते जाते निकलते उनके दरवाजे के सामने से मुझे निकलना पड़ता तो मुझे बुला लेते और जब मुझे मिलते तो उनका पहला काम था डॉक्टर सक्सेना की निंदा करना मैंने एक दिन उनसे कहा कि डॉक्टर रसाल आपको पता है कि डॉक्टर सक्सेना ने कभी आपके संबंध में एक शब्द नहीं कहा कभी मैंने बात भी छेड़ी जानने के लिए कि वो वो भी आपकी निंदा करते हैं कि नहीं क्योंकि उनको लोग खबरें देते कि आप उनकी बहुत निंदा करते हैं कि शराबी है पियक्कड़ है इसको तो विश्वविद्यालय से निकाल देना चाहिए ऐसा आदमी भ्रष्ट करेगा विद्यार्थियों को और वो निश्चित ही बड़े निष्णात धार्मिक व्यक्ति थे सुबह से पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुद्ध भोजन शाकाहारी भोजन करना शराब की तो बात दूर वो पान ना खाए सुपारी ना खाए सिगरेट ना पिए शराब तो बहुत दूर उनमें कोई लते नहीं हर धार्मिक दिन पर उनके घर कभी सत्यनारायण की कथा हो रही है कभी अखंड रामायण चल रही है कुछ ना कुछ वहां होते ही रहे पंडित पुजारी इकट्ठे मैंने कहा वो कभी आपकी निंदा नहीं किए और आप जब मुझे मिलते हैं मुझे लगता ही ऐसा है कि सिर्फ आप उनकी निंदा करने के लिए मुझे बुलाते मैं बाहर से निकलता हूं और आप मुझे बुलाते हैं और बात तो आपको इतनी करते हैं कि उनकी निंदा आपको क्या बेचैनी है इस आदमी से इसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं होंगे शराबी तो आपका क्या बिगाड़ते हैं और नर्क जाएंगे तो वो जाएंगे कोई आपको नहीं जाना पड़ेगा आपका तो स्वर्ग बिल्कुल निश्चित है सीढ़ी आप लगा रहे हैं आप कौन में इतना रस उनको तो मैंने कभी आप में कोई रस लिता नहीं देखा कई दफा मैंने उकसाने भी कोशिश की है उनको कि रसाल आपके संबंध में ऐसा कह रहे थे वो बात ही नहीं उठाते वहां से टाल देते हैं वो कहते हैं लोग कहते रहते रसाल अच्छे आदमी हैं अच्छे कवि हैं भले आदमी हैं उनको कोई बात ना होगी तो मेरी निंदा करते हैं उनको नहीं जसती तो मैं क्या करूं लेकिन एक शब्द आपके विपरीत नहीं किसको मैं धार्मिक कहूं किसको मैं आस्तिक कहूं जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हम ऊपर से समझ लेते हैं मंदिर जो रोज जा रहा है वो धार्मिक इतना कहीं होता सिर्फ धार्मिक होना तो सारी दुनिया धार्मिक थी यहां सुख ही सुख होता यहां सुख नहीं है। सुख न होने के साफ साफ कारण पहली तो बात तुम्हारे मन में दुख का आदर है इस आदर को जड़ मूल से काट डालो सुख को आदर देना शुरू करो क्योंकि तुम जिस चीज को आदर दोगे वही तुम्हें उपलब्ध होगा फूलों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में फूलों के रंग छा जाएंगे चांद तारों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में चांद तारे झांकेंगे मगर तुम सिर्फ कांटे गिनते हो अगर मैं कहूं कि फला आदमी सुंदर बांसुरी बजाता है तुम तत् वो क्या बांसरी बजाएगा सराबी कहीं का जुआरी वो क्या बांसरी बजाएगा और अगर मैं किसी आदमी के संबंध में कहूं कि वो जुआरी है सराबी है तो तुम कभी ये ना कहोगे कि नहीं नहीं सराबी वो कैसे हो सकता वो कितनी प्यारी बांसुरी बजाता जुआरी नहीं हो सकता और हो तो भी क्या हर्जा उसकी बांसुरी इतनी प्यारी है और परमात्मा कांटे गिनता है कि फूल तुम्हारे हिसाब से तुम तो कांटे गिनता जैसे तुम कांटे गिनते हो मेरे हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से तो ये पूछेगा कितनी बांसुरी बजाई ये नहीं पूछेगा कि कितना जुआ खेला ये पूछेगा कितने गीत गाए ये नहीं पूछेगा कि कितनी गालियां दी जीवन को विधायक दृष्टि से देखो और आनंद को सम्मान देना शुरू करो मगर तुम्हारे भीतर आनंद के प्रति ईर्षा है बहुत गहन ईर्षा है तुम आनंदित व्यक्ति को देख के जलन से भरते हो प्रफुल्लित नहीं होते तुम्हारी जीवन की प्रक्रिया ऐसी गलत है कि तुम सुखी नहीं हो सकते ऋषि लाख प्रार्थनाएं करें उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती अब तक तो व्यर्थ गई जाहिर है ये प्रार्थना किए कम से कम पांच हजार साल हो चुके होंगे सर्वे सुखी न सर्वे संतु निरामया सब निरोग हों सब सुखी हों सब कल्याण को प्राप्त हों कोई भी दुख का भागी ना हो ये प्रार्थना पांच हजार साल हो गए किए हुए शायद उससे भी पुरानी हो लेकिन अब तक इसका परिणाम नहीं हुआ यह प्रार्थना खाली चली जाएगी क्योंकि घड़े तुम्हारे उल्टे रखे तुमने तो जिद कर रखी है दुख उठाने की तुमने तो कसम खा रखी नरक निर्मित करने की चंदुलाल के बेटे झुम्मन ने अचानक भोजन करना बंद कर दिया हर तरह से प्रत्न किए गए मगर वो भोजन करे ही ना अंततः उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया मनोवैज्ञानिक उसे जब लगातार पांच घंटे तक समझाता रहा तो वो भोजन करने को राजी हो गया मनोवैज्ञानिक ने प्रसन्न होकर पूछा अच्छा बेटे बताओ क्या खाओगे उसने मनोवैज्ञानिक को क्रोश से देखा वो पांच घंटे में राजी इसलिए हुआ था कि उसकी खोपड़ी खाया जा रहा था समझा समझा के कहा की बात समझा रहा था उसने सोचा चलो झंझट मिटाओ भोजन किए लेता हूं तो उसने मनोविज्ञानिक तरफ गुस्से से देखाओ का खाऊंगा <laughs> मनोविज्ञानिक पहले तो थोड़ा झिझका कि ये क्या शान निकला पांच घंटे का मगर मनोविज्ञान में नियम है कि मरीज को आहिस्ता आहिस्ता फुसलाओ धीरे धीरे राजी करो चलो अभी केंचुए खाने को राजी हुआ कम से कम कुछ खाने को तो राजी हुआ फिर अब कैंचुए की के जगह कुछ और खिलाने की व्यवस्था हो सकेगी एकदम समरिच को इंकार मत करो उसे विरोध में मत खड़ा कर दो उससे दोस्ती बनानी जरूरी है तो मनोवैज्ञानिक ने किसी तरह कैंचुओं की एक प्लेट का प्रबंध करवाया अपने माल्यू को कहा कि बिनला बगीचे में जितने कैचुए मिल सके कैं से भरी प्लेट झुम्मन की ओर बढ़ाते हुए लो बेटे खाओ सोचा उसने कि कौन खाएगा कैंचुए खुद ही कहेगा कि नहीं कैंच मुझे नहीं खाने क्रोध में कह गया है कैंचुए खाऊंगा सोचता होगा कौन कैचुए खिलाएगा लेकिन झुम्मन बोला इन्हें भून कर लाओ कच्चे नहीं खाऊंगा क्या पेट खराब करना मनोवैज्ञानिक गया हो किस तरह कैंचुओं को भूना भुने हुए केंचवीले के प्लेट में मनोवैज्ञानिक फिर आया बोला लो बेटे अब तो खाओ झुम्मन बोला मुझे केवल एक चाहिए बाकी को फेंको इतने मुझे नहीं खाने मैं कोई भोजन भट्टू एक काफी चलो मैंने मनोविज्ञान में सोचा झंझट मिट्टी कम से कम एक पे तो आया आप धीरे धीरे रस्ते पे आ रहा